तुम कौन है <laughs> जादूगर का बचा तो इधर क्या करने आया है और तुमको खाना खराब इसी टाइम आना था हम अपने जिक्र में मशगूल है और तुम हमको जो है तंग करने इधर आ गया। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया हूं <laughs> नुकसान <laughs> तुम हमको नुकसान पहुंचाने आया अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता <laughs> खोचा ऐसा बेवकूफ जादूगर हमने देखा नहीं है हमारा तो दिल करता है तुम्हारा कान के निचेक लगाया बुरा का डूरा का बुरा का छू तुम हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि हमने आज खजूर खा है खजूर <laughs> <laughs> मैं समझा नहीं दे रहा थोड़ा करीब आओ हम तुमको समझाते। oh no. ये कि जिसने हर दिन सुबह के वक्त अजवा खजूर खा लिया उसको उस रोज ना जहर असर करेगा उस पे न जादू असर करेगा सुन लिया अभी खोज यहाँ से बाबू बाबू नहीं तो मैं आज वो खजूर ला के तुम्हारे मुंह में डालेगा नहीं नहीं गलती हो गई गलती हो गई भाई गलती हो गई आबरा का डाबरा का सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल है